आप लोग देख सकते हो पनीर बहुत क्लबी है बहुत ही अच्छा स्मैल था पनीर आप लोग ने शाही पनीर कभी नहीं खाया होगा ये मेरी हाउ बनाओ नाइन्टी सिक्स से गारंटी है गाइस मसाले में आप लोग ध्यान से देखिए ये है पनीर बटर मसाला जो हम लोग को कोट टी स्पून लेना है ये हाफ फोर्थ टी स्पून लेना है और ये शुगर है शुगर हम लोग को हाफ़ टी स्पून लेना है ये रेड चिली पाउडर है उसको हम लोग को वन फोर्थ स्पून लेना है ये गर्म मसाला है इसको हम लोग हाफ़ टी स्पून लेंगे और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये पनीर की ग्रेवी है दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल देता हूँ ये जो ग्रेवी है इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता हूँ इसका तो फुल वीडियो क्या क्या इंग्रेडिएंट पढ़ के बना हुआ है बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा स्मेल आता है आप लोग उसको वीडियो देखिए और बनाइए सबसे पहले मैं बताऊँगा ये थोड़ी सी दही है ये अमूल मलाई आप यूज़ कर सकते हो ये घर की बनाई हुई मलाई है तो ये मैं घर की मलाई यूज़ कर रहा हूँ ये अप्रॉक्स हम लोग बोलेंगे तो 100 ग्राम दूध रहेगा और ये थोड़ा सा ग्रेवी का पानी राइज आप लोग जैसे कि देख रहे हो मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन काट के रखा हुआ है थोड़ा सा हम लोग में बटर लिया हुआ है ग्रीन चिल्ली है थोड़ा सा अदरक है और ये लहसुन के पतले पतलेसे हुए पार्टिकल्स हैं भाई ये पनीर आप लोग देख रहे हो ये घर का बनाया हुआ पनीर है मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ आप लोग अपने घर पे बनाइए और इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है तो आप लोग देख देखिएगा तो मैं इसको स्लाइटली कट कर लेता हूँ पनीर के लिए जो मैं पनीर बना लिया और शाही पनीर शाही पनीर में नॉर्मली मलाई पनीर पड़ता है तो इसके वजह से हम लोग ने घर पर ही मलाई पनीर बना लिया ठीक है गाइस हम लोग ने पनीर कट कर लिया है हम लोग ऐसे शेक में पनीर कट करेंगे हम लोग को इसको फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये शाही पनीर है इसमें टू टीस्पून ऑयल हम लोग को ऐड करना है अच्छे से ऑयल को मिक्स करना है हीट हीटर तो में अब लोग को बताना मैं भूल गया था जीरा हम लोग को लगेगा तो आपको जीरा ऐड करना है जीरा के बाद थोड़ा सा जिंजर थोड़ा सा गार्लिक गैस का फ्लेम स्लो रहेगा थोड़ा सा हम लोग बटर भी ऐड कर देंगे हमारी स्टेज तो हमें बटर ऐड करने के कर। बाद लीची भी ऐड कर देना है और हमारा ढेर सारा आ हाई तो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है हम थोड़ा-थोड़ा मसाले डालते रहेंगे मैंने डाल दिया धनिया पाउडर गरम मसाला थोड़ा स्लो करके उसके मसाले जल ना जाए थोड़ा तो सा रेड मिर्ची पाउडर हल्दी और हमारा पनीर मसाला करेंगे करना है हाई फ्लेम पे इसको कर लेना है क्योंकि तो हमारे जो कांधे हैं उनको अच्छे से हम लोग को भूनना है हाई फ्लेम पे ही रहेगा अच्छा नहीं छोड़ना है जैसे लगे कि हम लोग को जलने वाला है वैसे हल्का सा पानी हम लोग कर। ये पर हम, लो, हम, तो हम लोग कांदा अच्छे से भून चुका है अभी हम लोग ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी अच्छे से भून लेना है मसाला भून गया है उसमें भी हम लोग हल्का सा हमारा पानी ऐड करेंगे जैसे ग्रेवी का ही पानी है फ्लेम स्लो करना है अभी हमारे शाही मसाले के इंग्रीडियंट ऐड करना है जैसे कि थोड़ा सा चीनी गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने दूध ऐड कर दिया है तो मिक्स करना है कलर स्लोली स्लोली चेंज होगा ऐसा मत सोचिएगा खीर बना रहा हूँ इसमें मैं एक चम्मच मलाई डालूंगा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जो फ्लेमिंग है ना बहुत अच्छा है आप। ये देखिए। इंग्रेडिएंट बाकी है डालने के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें दही ऐड करेंगे थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं हाफ थी और हमारी प्यारी कस्तूरी में थी और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमारे पनीर है ये इस हम लोग को हमारे पनीर भी ऐड कर देना उसको हाई फ्लेम पे लासा गरम करना है और इसमें नमक ऐड कर देना पनीर के जब है पनीर के प्लेटिंग जबरदस्त रेडी है राइस हम लोग का पनीर बहुत ही अच्छे से हो चुका है आप लोग देख रहे हो खाने में बहुत टेस्टी है ये, हम लोग उसकी प्लेटिंग दें, आप लोगों को दिखाते ओके गाइस, हम लोग का प्लेट प्लेटिंग के लिए रेडी है आप लोग हम लोग तो एटलीस्ट बहुत एक्साइटेड इसको खाने के लिए आप लोग भी बनाओगे तो आप लोग भी एक्साइटेड रहेंगे हम लोग की प्लेटिंग रेडी है आप लोग देख सकते हो पनीर भी बहुत क्लपी है बहुत ही अच्छा स्मेल है बहुत ही अच्छा टेस्ट है आप लोग ट्राई कीजिए इसको घर पे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बनाओ ओके thank you thank you for watching my youtube channel khabona96 and please uh, subscribe comment and share thank you